आज हम आपको बताएंगे निवास प्रमाण पत्र किस प्रकार से बना सकते हैं वो भी सिटीजन आईडी के माध्यम से और सिटीजन का पोर्टल और उसकी आईडी किस प्रकार से बनाई जाती है ये हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं आप प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा तो अब चलिए हम आपको उसमें बताते हैं कि किस प्रकार से आप निवास प्रमाण पत्र घर बैठे बना सकते हैं तो दोस्तों आपको किसी भी ब्राउज़र पर यहाँ पर लिए ई सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं ये पहले ही आपको डिस्ट्रिक्ट यू ये वेबसाइट आ जाएगी जो उत्तर प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट है इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी डी आपको दिखेगी तो इसको आपको डेस्क साइट लगा लेना है लगाने के बाद आप ये देख सकते हैं ई डिस्टिक्ट लॉगिन इसके बगल में सिटीज़न लॉगिन ई साथी इस पर आपको क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद आप ये तीन डॉट पे क्लिक करें क्लिक करने के बाद डेस्क टॉप साइट इस डेस्क टॉप साइट पे आपको क्लिक कर देना है तो, इंडिविजुअल ये आप देख लीजिए ई साथी की वेबसाइट पोर्टल खुल चुका है तो अब यहाँ पे आपको जो आईडी हमने बताई थी पहले कि किस प्रकार से बनाई जाती है ई डिस्टिक की आई तो उसको आप बनाने के बाद यहाँ पर आप वही आई और पासवर्ड डाल के लॉगिन करें तो चलिए दोस्तों हम लॉगिन कर देते हैं आईडी डालने के बाद आपको यह सबमिट कर देना है सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं आप लॉगिन हो चुके हैं और यहां पर आप देख सकते हैं सब सुपर सेवा शुल्क भुगतान रसीद की प्राप्ति निस्तारी आवेदन और कुल लंबित आवेदन तो इसी प्रकार आप देख लीजिए आवेदन पत्र में आप क्या क्या इसमें कर सकते हैं जैसे जाति प्रमाण पत्र आप अपना बना सकते हैं और आय प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र दिव्यांग प्रमाण पत्र इसमें कई ऐसी बहुत सी सर्विस जो करीब तीस या बत्तीस सर्विस हैं जिसको आप घर बैठे स्वयं तो अपने एंड्रॉयड मोबाइल से बना सकते हैं तो इसके लिए चलिए हमको निवास प्रमाण पत्र करना है तो हमको ये निवास के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आप देख सकते हैं निवास का फॉर्म इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा आपको अगर ग्रामीण क्षेत्र का बनाना है तो आप देख सकते हैं ग्रामीण पर टिक लगा हुआ है और अगर आप नगरीय क्षेत्र का बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नगरीय पे टिक करें यहाँ पर टिक करने के बाद आप देख सकते हैं प्रार्थी का नाम हिंदी में तो यहाँ पर आपको उस प्रार्थी का नाम हिंदी में दर्ज करना है तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर प्रार्थी का नाम दर्ज हो गया इसके बाद यहाँ पर आपको प्रार्थी का इंग्लिश में नाम दर्ज करना है इसके बाद उसके पिता पति या संरक्षक अगर उसके पिता हैं हाँ तो आपको पिता का नाम दर्ज कर देना है अगर कोई महिला है तो उसके पति का नाम दर्ज कर देना है या छोटा बच्चा है या जो जिसके संरक्षक में हो तो यहाँ पे संरक्षक का नाम दर्ज कर देना है इसी प्रकार माता का नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको माता का नाम उनके दर्ज कर देना है और ये जन्म तिथि है आपको आवेदक की जन्मतिथि यहाँ पर दर्ज कर देना है उसके बाद जन्म का स्थान आपको यहाँ पर दर्ज करना है कि वो कहाँ पर आवेदक पैदा हुए थे तो वो जन्म का स्थान उस जिले का नाम आपको यहाँ पे दर्ज करना है उसके बाद उनका पता तो यहाँ पे मकान नंबर आप देख सकते हैं इस मकान नंबर पे जो भी उनका मकान नंबर हो वो दर्ज कर दें अगर उनको मकान नंबर नहीं है या नहीं पता तो यहाँ पे वो ज़ीरो भी दर्ज कर सकते हैं मोहल्ला और पोस्ट जो भी उनका एरिया लगता हो मोहल्ला या कॉलोनी तो यहाँ पर आप उसको दर्ज कर दें इसके बाद ये देख सकते हैं आप जनपद तो इस जनपद में आप जिस भी ज़िले के हैं उस ज़िले का यहाँ पर आपको नाम चुन देना है उसके बाद वहाँ की तहसील जहाँ भी जहाँ भी आपकी जो तहसील लगती हो तो आपको तहसील सेलेक्ट कर देना है उसके बाद थाना कुतवाली यहाँ पे आपको थाना अपना सेलेक्ट करना है अगर आप की इधर थाना लगता है या कुतवाली जो भी हो तो आपको इनमें से सेलेक्ट कर देना है उसके बाद आप आवेदक का मोबाइल नंबर यहाँ पर आवेदक का मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है निवास की अवधि वो कब से रह रहे हैं अगर जन्म से रह रहे हैं तो यहाँ पर जन्म से दर्ज करना या अगर दो चार दस साल जो भी हुआ तो यहाँ पर आपको वर्ष पर टिक कर वर्ष भरना है इसके बाद प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता तो आप किस लिए प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पे आपको भरना है अगर आप आधार करेक्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आधार के लिए बनवा सकते हैं या आवश्यक कोई कार्य हो तो यहाँ पे आप आवश्यक कार्य हेतु तो लिख सकते हैं इसके बाद क्या इससे पूर्व निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो यहाँ पर आपको नहीं कर देना है उसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया तो ये यहाँ पर टिक लगा हुआ है तो आपको यहाँ पर हाँ पे क्लिक कर देना है इसके बाद आधार संख्या तो यहाँ पे आवेदक की आधार संख्या दर्ज कर देना है उसके बाद संलग्न शीर्षक तो यहाँ पे अब आपको अपने डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं यहाँ पर कि आवेदक के क्या क्या डॉक्यूमेंट है आपने क्या क्या लिया है राशन कार्ड आधार कार्ड पैन कार्ड ये जो भी डॉक्यूमेंट है आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है तो आप देख सकते हैं पहले है फ़ोटो तो हम फोटो पर सिलेक्ट करते हैं सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं चूज फाइल तो इस पर हमको क्लिक करना है चूज़ फाइल पे क्लिक क्लिक करने के बाद ये फाइल का ऑप्शन देख रहे हैं इस पर आप आकर के आप देख सकते हैं कि आपने गैलरी में कहां पर फोटो रख रखी है तो वहां से आपको अपने हैंडसेट से फ़ोटो ले लेना है और लेने के बाद तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने फ़ोटो सेलेक्ट तो कर ली इसके बाद ये आप देख सकते हैं अपलोड तो यहाँ पर आपको ये फ़ोटो को तो अपलोड पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर की ये फोटो देखिए अपलोड हो चुकी है तो ये चाकोर बॉक्स में ये सामने फोटो लिखा हुआ ये बन करके आ गया है तो यानी कि आपकी फोटो अपलोड हो चुकी है इसके बाद आपको फीस फोटो वाले ऑप्शन पे पे क्लिक करना है अब यहाँ पर आपको स्व घोषणा पत्र तो ये स्वप्रमाणित घोषणा पत्र आपको यहाँ पे अपलोड करना है तो चलिए दोस्तों हम इसको अपलोड कर देते हैं ये चूज फाइल पे जाना है यहाँ पे आपको अपने हैंडसेट पे जहां पे रख रखा है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है अब आपको अपलोड कर देना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी अपलोड हो चुका है अब यहाँ पे आपको फिर से क्लिक करना है क्लिक करने के बाद राशन कार्ड बिजली का बिल या छाया प्रति तो आप यहां पर राशन कार्ड अपलोड कर सकते हैं इसके बाद चूज फाइल पर आपको फिर से क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप अपने हैंडसेट से राशन कार्ड की जो भी इमेज है सौ केबी की वो आपको यहां पे उठाना है राशन कार्ड की आपको इमेज लगा देना लगाने के बाद अपलोड यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे राशन कार्ड की भी प्रति लग चुकी है अब उसके बाद यहाँ पे आपको फिर क्लिक करना है इसके बाद वोटर पहचान पत्र प्रति अगर कोई है तो आप लगा दें अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है आप अन्य में आधार कार्ड पैन कार्ड वो भी आप लगा सकते हैं तो चलिए हमारे केसेस में वोटर पहचान पत्र नहीं है तो हम अन्य में आधार कार्ड लगा देते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं तो आप ये नीचे यहाँ पर आपको लिखना है कि आप क्या लगाना है हैं पैन कार्ड या आधार कार्ड तो चलिए तो दोस्तों हम लिख देते हैं यहाँ पे लिखने के बाद ये चूज फाइल यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आवेदक तक का जो भी आधार कार्ड हो उस आधार कार्ड को यहाँ पे अपलोड कर देना है और ये अपलोड यहाँ पे आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आवेदक का आधार कार्ड भी अपलोड हो गया है इसके बाद अन्य पे ये लगा, लगा हुआ है ऑलरेडी अब यहाँ पे आप आवेदक का पैन या कोई और डॉक्यूमेंट हो बैंक पासबुक जो भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं तो चलिए हम पैन कार्ड लगा देते हैं आपको यहां पर लिखने के बाद चूज फाइल इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप अपने हैंडसेट से यहां पर अपलोड कर देना है और अपलोड पर क्लिक कर देना है तो आप दोस्तों देख सकते हैं आवेदक का आधार कार्ड आवेदक का पैन कार्ड फ़ोटो स्वप्रमाणित घोषणा पत्र राशन कार्ड ये बिजली का बिल ये पांच आइटम हमने अपलोड कर दिए हैं अब इस फॉर्म को हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि अगर कोई गलती होगी तो हम सुधार कर लेंगे क्योंकि अगर इसको सबमिट कर दिया तो फिर इसमें कोई सुधार नहीं हो पाएगा तो चलिए दोस्तों हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं तो दोस्तों फॉर्म हमने चेक कर लिया है फॉर्म पूरी तरीके से सही फिल हुआ है बस आपको ये नीचे देख सकते हैं दर्ज करें तो यहाँ पे आपको दर्ज कर देना है जैसे ये आप दर्ज करे पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आवेदन संख्या तो ये इस प्रकार से ये आवेदन संख्या यहाँ पे आज आ चुकी है और जन मतलब जनरेट हो चुकी है और आवेदक के आवेदन की आपको यहाँ पे तिथि भी आ जाएगी प्रार्थी का नाम आ जाएगा पिता का नाम उसका यानी पूरा ये तो आप चाहें तो इसका प्रिंट भी लेकर के रख सकते हैं इसको फाइल में आप सेव कर सकते हैं और इसके बाद आप दोस्तों ये देख सकते हैं सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहां क्लिक करें अब आपको इस आय प्रमाण पत्र का अरे निवास प्रमाण पत्र का आपको यहां पर पेमेंट करना है तो इस सेवा शुल्क भुगतान पर क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये पेमेंट गेटवे वे पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा तो एप्प्लीकेशन नंबर अपने आप यहाँ लग चुकी है अब आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका पेमेंट फॉर्म नंबर पेमेंट गेट आपका यहाँ पर आ गया है और अमाउंट टू बी पेड पंद्रह रुपये फीस लगेगी उसके बाद प्रोसीड विथ पेमेंट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट अमाउंट पंद्रह रुपये है आप डेबिट कार्ड के माध्यम से अगर पेमेंट कटाना चाहें तो उसके माध्यम से कटा सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से क्यूआर कोड स्कैन करके या यूपीआई के माध्यम से तो चलिए हम यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कटाएंगे तो इस पर हमको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं भीम यू इस पर आप मेक पेमेंट पर पे क्लिक करें जैसे ही आप मेक पेमेंट पर पे क्लिक करेंगे तो कन्वेंसन फीस और इसका चार्ज ये आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाएगा इसके बाद आपको प्रोसीड विथ पेमेंट इस पर पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूपी और ये ट्रांजैक्शन रिफ्रेशन नंबर ये जनरेट हो चुका है अब इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी यू पी दर्ज करना है तो चलिए दोस्तों हम दर्ज कर देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हम पे अपना पेटीएम वगैरह की जो भी यू पी है या गूगल पे या जिसकी हो तो आप यहाँ पर डाल करके मेक पेमेंट इस पर पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही एक नोटिफिकेशन भेजेगा तो उस पे जाकर के आपको क्लिक करके उस पे आपको क्लिक करके पेमेंट अपना कटाना है तो चलिए दोस्तों हम क्लिक कर दें तो देख सकते हैं दोस्तों ये पेमेंट आ गया है अब आपको यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करना है अब आप देख सकते हैं दोस्तों पेमेंट कट चुका है तो दोस्तों आप देख सकते हैं पेमेंट कटने के बाद साइट अपने आप ही क्लोज़ हो जाती है तो जैसे ही साइट क्लोज़ हो जाए तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर उसका कॉपी कर लें या कहीं एक जगह लिख लें लिखने के बाद आपको तुरंत अपने साइट पर आकर के लॉगिन होना है और लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ आपको यहाँ पर सेवा शुल्क का भुगतान आपको सेवा शुल्क का भुगतान पर आना है और आने के बाद एप्लीकेशन नंबर डाल करके आपको सबमिट कर देना है तो जैसा ही आप सब्मिट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये आपकी पर्ची तुरंत ही जनरेट हो जाएगी और ये अब आपका पूरी तरीके से निवास प्रमाण पत्र सबमिट हो चुका है और ये सात से आठ दिन के बीच में आपका कर बन करके आ जाएगा तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाएँ जो अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा नहीं पाते हैं और ऑनलाइन के चक्कर में काफ़ी 100 दो सौ तक खर्च कर देते हैं तो आप उनको शेयर करें और